अपनी अपनी कोई भी भी तुम तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110 दो अच्छी जाती नहीं जाती वो बात है लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश है इसके अंदर में ये कर देता मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पांस आया मैंने अपना पूरा दे दिया था बाकी यार हम नहीं चला तो नहीं चला आगे बढ़ो